और आज हम लोग आए हुए हैं मनी मिराज भैया से भेंट करने और देखिए बहुत दूर से आए हुए हैं काम है